थोड़ा जूम करो ज़ूमिंग करो हल्के से चो ठीक गुड हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आपके प्रेस गुड इवनिंग देखिए देखिए दिक्कत हो रही क्या ठीक है आइए फटाक से लिंक को शेयर करिए ठीक है आइए फटाक से लिंक को शेयर करिए ये आवाज़ माइक कुछ प्रॉब्लम कर रही है हेलो आप फटाक से लिंक को शेयर करिए क्वालिटी एंड वाइस बता दीजिए कैसी है वेलकम अमन जी वेलकम और कैसे हैं ठीक है लिंक को शेयर करिए फटाक से क्लास शुरू की जाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं थैंक यू फाइडिंग हार्ड अब आप लोग देखे कल हमने जो है प्रेजेंट इंडिफिनेट को बहुत ही ढंग से पढ़ लिया था आज आप लोग हम लोग देख के समझ आओगे पास्ट इंडिफिनेट का पिछली जो क्लासेज है उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनेट का पोस्ट मास्टर कर लिया है उसका गिडनी गुर्दा सब कुछ अलग अलग निकाल के रख दिया है जितनी उसमें पॉसिबिलिटी आने वाली थी हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है हाँ लिंक को शेयर करिए लिंक को शेयर करिए फटाफट बस क्लास वो करें ठीक है आइए आइए सभी लोग किसी की क्लास छूटे ना इसीलिए थोड़ा ब्रेक रखते हैं अभी पांच मिनट में क्लास शुरू करते हैं तब तक तो लिंक शेयर करिए फटाफट ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया है बहुत ही अच्छा हाल है अपना सचिन बताइए आपका क्या हाल है ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखिए हम लोग तो आज पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट सबसे पहले ये देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट होता क्या है तो अब देखे यहां पे हमने टेंस पढ़े हैं तो टेंस में फिर से एक बार हम बेसिक से चीजों को जोड़ते हैं तो टेंस में हमने क्या देखा था कि टाइम एंड वर्क क्या टाइम एंड वर्क दो चीज हमने देखी थी ठीक है हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क दो चीजें क्लियर से देखी थी तो इसमें टाइम किसका है पास्ट का है और काम क्या है इनडिफिनेट है मतलब काम हमारा अनिश्चित है और हमारा टेंस क्या है सॉरी टाइम है पास्ट का इतनी बात क्लियर हो गई हां हां ठीक है लिंक को शेयर करते रहिए ठीक है तो आज हम लोग अभी तक हमने प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का टाइम दिया था काम वही हमको पढ़ना है लेकिन टाइम बदलना है अरे हाँ आप, आप आ गए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बस अब मन में आके पढ़िएगा चलिए यहां से हमने अब देखिए इसकी पहचान होगी इस इन जो ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं इनके अंत में था है थी है थी आदि शब्द आदिशब्दरी था है नहीं था थी है था थी थे गया ठीक है ये आपके हैं इतना ज्यादा अब तो आप लोगों पढ़ा हो इस पे ज्यादा ना फोकस करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ठीक है एक बार फटाक से शेयर करिए अब देखते हैं अब हम लोग इसको पढ़ेंगे स्ट्रेक्चर इस इसका देखते हैं यहां से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं इसमें देखिए अफरमेटिव भी हमने जो प्रेजेंट उसका हमने लगभग लगभग चार टाइप से पढ़ा था तो इसका भी अफर्मेटिव हम लगभग लगभग चार ही टाइप से पढ़ेंगे।, पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे तो देखिये एक, एक, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है देखिये अब यहाँ से पहले हम एक चीज क्लियर कर ले जैसे हमने जो हमारा रहता है वाज और वर्ग ठीक है वाज और वर्ग कब हम अगर था है मतलब अगर हमारा के के में में था था था है है आप लोगों ने ये भी भी होगा कि का का मतलब और और थी थी हैं कब हम प्रयोग करें और कब कर हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएं ये चीज रहती है ना आप लोगों के दिमाग में अगर जिसने पहली क्लास देखी हुई है प्रेजेंट इंडिफिनिट की उसको एक क्लियर हो गया होगा बताइए आप लोगों के दिमाग में ये चलता है कब हम प्रेजेंट में बनाए कब इसमें बनाए हा विम वेलकम ठीक है अभी दूर हो रहा है जी जी आपको भी अभी क्लियर कर रहे हैं आपका डाउट अभी क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का अब देखिए ये डाउट रहता है यहां पे यहां पे यह डाउट रहता है कि कब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर क्या कॉन्सेप्ट ऑफ वर तो हमने आपको जैसे यहां पे दो दो सेंटेंस हैं आपके सामने हम लिख रहे हैं वह पुलिस था ठीक है पुलिस थोड़ा मास्टर लिख ले चलो ठीक है जो भी है वो था ठीक है और लिख लें वह पुलिस चलिए यहां पर पुलिस हटा के टीचर करते हैं तो सेंटेंस अच्छा लगेगा वह मास्टर था वह मास्टर जाता था ठीक है अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं अभी हमने पास्ट इंडिफिन को नहीं पढ़ रहे हैं हम इसके पीछे आने वाले सभी जो हमारे हैं दिक्कतें होती हैं वो देख रहे हैं ठीक है अमित कहा रह गया इसको बुलाओ ठीक है लिंक को फटाफट शेयर करिए आप लोग थोड़ा बहुत देखिए अब यहां पे आपके पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसके भी अंत में था है और इसके भी अंत में था है यहां से हम लोग क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाज वर कहा पे हम वाज और वर्ग लगाएंगे ठीक है थैंक यू अमन बहुत दो, बहुत आपको ठीक है अब देखिए यहां से इसके भी लास्ट में था है उसके भी लास्ट में था है। आप लोग ये टेंशन ये टेंशन अब यहाँ की आपसे आज से बिल्कुल दूर हो जाएगी हमने पहली जो, जो प्रेजेंट इंडिमिनेट ढंग से पढ़ा है हमसे वो ये टेंशन को गायब कर चुका होगा तो अब देखिए हमने बताया था टेंस जब ही बनेगा हमारा जब उसमें टाइम एंड वर्क दोनों चीजें होंगी क्या होगा Time and work, दोनों चीजें होंगी तभी हमारा टेंस बनेगा वैसे हमारा टाइम तो रहेगा लेकिन वर्क नहीं होगा अब आप ये ये देख देख रहे हैं, ये sentence देख रहे हैं, यह इसमें, इसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है इस वाले में क्या अंतर है इस वाले में ये अंतर है कि ये जो मास्टर था मतलब इसमें सिर्फ टाइम दिखाया जा रहा है क्या दिखाया जा रहा है टाइम दिखाया जा रहा है और इसमें ठीक है पढ़ाई ही करिए ठीक रहेगा आपकी सेहत के लिए आप पढ़ाई करिए आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा जो भी है समझ जाइए ठीक है हेलो हाय आप बाद में भी कर सकते हैं बोर्ड के पेपर सर पे हैं हेलो हाई करने से कोई फायदा नहीं है ठीक है अब यहां से यहां से हम लोग देखते हैं अब देखिये इस वाले में ये सेंटेंस आपके सामने एक सही है एक सेंटेंस आपके सामने ये है ठीक है अब देखिए यहां से ये वाला जो सेंटेंस है इसमें आपको सिर्फ टाइम दिख रहा है इसमें क्या आपको दिख रहा है टाइम लेकिन यहां पे देखिए टाइम के साथ वर्क है कि नहीं जाने का बोलो इसमें टाइम एंड वर्क दोनों है कि नहीं है टाइम एंड वर्क दोनों है कि नहीं बताइए आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई इतनी बताइए सबको बात क्लियर हुई यहां पे सिर्फ क्या है यहां पे क्या इंडिकेशन दिख रहा है हमको कि टाइम है आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं फटाक से लेकिन डाउट तक ही कमेंट चलाइए ठीक रहेगा कोई भी डाउट है ठीक है ठीक है अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अब देखिए यहां से हम लोग आगे चलते हैं कॉन्टिन्यू रखते हैं अपनी इस बात को तो हमने बताया था यहां पे टाइम पहली बार जो इंडिफिनेट है इसका अनिश्चित होता है डिफिनेट का मतलब निश्चित और इंडिफिनेट का मतलब अनिश्चित तो यहां से अब इसमें सिर्फ क्या है टाइम है कि नहीं आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते तो हमने बताया इसमें कोई टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि तो टेंस का मतलब होता है टाइम एंड वर्क क्या होता है टाइम एंड वर्क क्या होता है तो यहाँ पे कैसे लग जाएगा कॉन्सेप्ट आपका जब कोई टेंस का कोई यहाँ पे मीन ही सिर्फ टाइम ही है तो आप इसको पास्ट डिफिट में कैसे बना सकते हैं ठीक है आप इसको कैसे बना सकते हैं इसीलिए अब यहां पे इसका एक्स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ठीक है अब इसका देखिए अब इसको ये है हमारा पास्ट इंडिफिनिट का एक्स्ट्रक्चर किसका है पास्ट इंडिफिनिट का है लेकिन इस अब यहाँ पे सिर्फ टाइम है इसीलिए इसको क्या बना देंगे ही Was a, he was teacher. अब तो यहां पे इसको क्या बनाएंगे ही यहां पे देखिए अब इसको आप आराम से प्रेजेंट उसमें पास्ट इंडिफिनिट में बना सकते हैं ठीक है ठीक है इसमें आप बेंट लगा देंगे इसको आप पास्ट इंडिफिनिट बना लेंगे आप इसको पास्ट इंडिफिनिट में नहीं बना सकते इसमें सिर्फ पास्ट है क्या है आपके सामने ऊपर ही लिखा है पास्ट इंडिफिनिट पास्ट है और इसमें क्या है पास्ट इंडिफिनिट है बोलो ये बात सबको क्लियर हो गई ये बात सबको क्लियर होने के लिए क्लियर हो गई एक बार क्लियर हो गई वो थम्सअप करिए फिर आगे चलते हैं ठीक है ठीक है आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए बात लिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है ही वेल्टर मास्टर टीचर होता है यार अब बिल्कुल में ना प्रयोग करिए ठीक है फिलहाल हम आपके कमेंट्स बराबर लेते रहते हैं आपको फीलिंग ना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपके सामने आप ऐसे बराबर कमेंट लिए रहते हैं कि आपको लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कब हम वाज लगाएंगे वाज कब नहीं लगाएंगे अगर क्लियर हो गया तो, गया तो गया सब सब लोग थम्सअप करिए फटाख से फिर चलते हैं आगे हाँ ठीक है मन आज के बाद कोई ये डाउट नहीं रखेगा सर अमित के कमेंट नहीं आ रहे हैं देखिए बेटा इसमें क्या दिक्कत है वो बेटा आपके फोन में प्रॉब्लम होगी ठीक है वो अमित के फोन में प्रॉब्लम होगी या कमेंट ना आने के लिए वो वीडियो दोबारा से चला सकते हैं वीडियो एक बार रोक के वीडियो को दोबारा से चलाना YouTube पे जाके चैनल पे जाके आप वीडियो को चलाइए जाके के के नहीं है। या तो आप या तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर नहीं रखा होगा तभी आपका कमेंट नहीं आ रहा होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर आपका कमेंट आएगा ठीक है ठीक है अब यहां से आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ वे क्लियर ठीक अब हम देखते हैं अभी हम लोग तो फास्ट इंडिफिनिट नहीं पढ़ रहे हैं इसके कोई भी टेंशन मत लीजिएगा ठीक है फास्ट इंड पढ़ेंगे क्या अमन किसके वीडियो पर रिप्लाई कर ठीक है आप अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा चैनल पर फिर से जाइए और यहां से वीडियो ऑन करिए जाके ठीक है अमित से कह दोगे वो फिर से वीडियो ऑन करे बाकी आप पढ़ते रहिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम सब क्लियर करवा देते हैं कमेंट नहीं आ रहा कोई बात नहीं पढ़िए आप हाँ ठीक है अब आप यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब हम देखते हैं यहां पे अगर अब हम पढ़ते हैं पास्ट इन डिफिनिट उसका एक्सुक्टिव देखते हैं यहां पे क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं किसमें प्रेजेंट इनिट सॉरी में अभी तक हम सिर्फ पास्ट में थे किसमें थे पास्ट में थे यहाँ पे हम वह मास्टर था मतलब किसी का पास्ट है वहां पे पास्ट किस में मास्टर था आज पुलिस बन सकता है ठीक है फॉर्मर के मास्टर से आईपीएस बन सकता बन थीक है आई ठीक है उसका पास प्रेजेंट मेहनत करेगा तो बहुत कुछ मास्टर से बना जा सकता है ठीक है लेकिन अब हम यहां पे देखिए यहां पे, पे वर्ब भी आ गई क्या होता है काम, हमारे किया गया, कोई काम क्या है। इतना क्लियर हो गया ठीक है किसी को कोई डाउट दो तो पूछ सकते हैं और ना फिर आगे चले बताइए फिर से हम सब करिए फिर आगे थैंक यू कोई बात नहीं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसीलिए डाउट नहीं है हमसे ज्यादा योगदान आप लोगों का रहता है आप अच्छे से पढ़ते हैं इसीलिए आपका कोई डाउट नहीं रहता है अब चलते हैं आगे ठीक है यहां से जैसे वह जाता ठीक हाँ। है अगर टाइम मिलेगा तो हम जो वर्क किए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों होती हैं इस पे से भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना देंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा जैसे गोवेंट है ये सब है ये बहुत रटना पड़ता है ना तो देखो रेगुलर इनरेगुलर इसमें कटआउटे बिल्कुल हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार है बस टाइम की कमी है या तो जब आपके पेपर हो जाएंगे तब आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे जिससे आपका एकदम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप बिल्कुल से याद हो जाएगा आपको तो इसमें आप सीधे क्या लगाएंगे ही वेंट हो जाएगा ही वेंट बस खत्म ठीक है प्रशांत वेलकम ठीक है आप लोगों के समझ में आ गया ये इतना समझ में आ गया कब वर्गर बनाएंगे कब दू? पास्ट में बनाएंगे ठीक है अब देखिए अब यहां पे अब देखिए ये हमारा टाइप फर्स्ट हो गया हम लोग बहुत से टाइप पढ़ते हैं ना तो ये हम फर्स्ट टाइप ये है ठीक है अब देखिए क्या होगा इसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है अब मानो वह जाता था ठीक है अब अगर कोई कह दे कि उसके पास किताब थी अभी तक हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था उसके पास किताब है अगर आपसे कोई कह दे उसके पास किताब थी उसके पास किताब थी ठीक है इतनी इतिबाश में आ रही कि नहीं आ रही, रही। देखिए अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप चैनल पे जाके प्रेजेंट इन वाला वीडियो देख सकते हैं ठीक है वहां से आप जोड़ के चलेंगे तो यहां पे आपको कोई डाउट रहे ही नहीं जाएगा ठीक है आप चैनल पर जाके वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है अब देखिए उसके पास किताब थी तो हम यहां पे क्या करेंगे अब यहां से हमारा क्या बनेगा बुक अब देखिए आप कहते होंगे सर ये परफेक्ट का भी बात है परफेक्ट में भी हार्ड लग जाता है यहां से आपके आपके दिमाग में एक एक ये आता होगा कि ये सर जो होता है परफेक्ट में भी हैग लगता है लेकिन परफेक्ट में क्या होता है आपका जो पास्ट इनडिफिनिट होता है उसमें सिर्फ आप पास्ट की समय की बात करते हैं किसमें पास्ट की समय की बात करते हैं ये आपके अंदर डाउट चल रहा होगा ये वाला कि आप यहां पे हैग लग गया है ये उसमें भी लगता है अब देखिए इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगर आपको यहां समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है वरना इस पे हम एक पर्सनल वीडियो बना के बताएंगे आपको ठीक है अब देखिये वो वाला जो यहाँ पे देखिए ये पास्ट इनडिफिनिट है क्या है पास्ट इनडिफिनिट है तो इसमें ये देखिए हम यहाँ पे बस एक आप चीज आपको समझाते हैं यहां से आप देखिए ये हमारा आज का टाइम है ठीक है अब यहां से हम जब पीछे चलेंगे यहां से जब हम पीछे जाएंगे तो हमको क्या हम अपने पास्ट में गए कि नहीं गए जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो पास्ट में चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे लेकिन अभी अब हम पास्ट के पास्ट में जाएंगे तब हम क्या पास्ट परफेक्ट में जाएंगे पास्ट के पास्ट में जाएंगे तब किस में जाएंगे पास्ट परफेक्ट में जाएंगे मतलब जैसे कि है वह मास्टर था अगर यहां से पास्ट के पास्ट में जाना है तो वह मतलब हम सोमवार को उससे मिले थे मतलब तो हम उससे कम मिले थे शो वहां को मतलब पास्ट की पास्ट में बात हो रही है तब वहां पे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं अगर नॉर्मल होता है तब हम पास्ट डिफरेंट में बनाते हैं इसकी बात क्लियर हो गई ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की नहीं ये बात ना क्लियर हुई हो, हो तो हम इस पर पर्सनल वीडियो भी बना देंगे आपको हाँ फायरिंग हार को तो सब क्लियर हो जाता है वो बिल्कुल सब बहुत ही अच्छा बच्चा है मतलब यहां से अगर हम की बात होगी और ये है इसमें देखिए अब जैसे हम लगाते थे हे लगाते थे उसमें हाँ ठीक अगर किसी को डाउट है तो हम आपके चेक ले रहे मैसेज अच्छा आपको डाउट है तो आप देखिए अब यहां से आप देखिए कि ये पास्ट इनडिफिनिट है अभी हम यहां से आपको चीज अगर हमारे चैनल पे जाके पहला वीडियो आप देखेंगे जो है जिसमें सिर्फ हमने पढ़ाया है टेंस टेंस निकले कहा से हैं तो आपके अंदर डाउट नहीं रह जाएगा ये है पास्ट ये है पास्ट मतलब इनडिफिने अनिश्चित है यहां पे अनिश्चित होती है यहां का मतलब होता है जब पास्ट है हम पास्ट में जाते हैं जैसे हम गए मास्टर था या वह गया वह गया था ठीक है तो यह पास्ट नॉर्मल पास्ट है पास्ट इनडिफिनेट है अगर हम कह दें कि सोमवार को उससे मिले थे तो पहली बात है हम अपने पास्ट की बात कर रहे हैं सोमवार हमारे पास्ट में था फिर उससे मिले थे मतलब हम हमारे सोमवार है फिर उसके मतलब जब हमारे पास्ट के अंदर पास्ट की बात आती है तब पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहां से आपको सेकेंड टाइप मिल गया कि जब हमारे पास कोई पास्ट में वस्तु थी ठीक है यहां से सिर्फ पास्ट में हमारी कोई वस्तु होनी मतलब हमारे पास स्वामित्व तो किसी भी चीज पे था तो उसके लिए हेड का प्रयोग करते हैं अगर आपको अभी हमने आगे आपको ये सब चीजें क्लियर करेंगे अभी थोड़ा टाइम कम है जल्दी से सेलेबस को ले जाना है अभी एक्टिव पैसू भी लाने है एक्टू पैसू में हम तो पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो सेकेंड टाइप हमारे पास क्या आ जाएगा सब्जेक्ट देखिए यही जो स्टेट हमने कहा है ये प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर ठीक है ठीक है अमन थैंक यू आपको अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए हम आपको बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर करेंगे ना हो तो हम घर आके क्लियर करेंगे ठीक है बस आप समझ जाइए ठीक है आइएस बनिए फिर आइए हमारे चैनल पे हमारे चैनल का नाम करिए ठीक है अब अब एक बात और देखिए अब यहां से अगर कोई तुम आपसे कह दे कि अब देखिए यहां से कोई दे देखिए हम आपको सिर्फ पास तक सीमित नहीं रख रहे अब मतलब और वो भी पढ़ा रहे हैं आपको मतलब तो तो यहां से आप बिल्कुल से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट भी पोस्ट मास्टर होना चाहिए यहां से हम लोग एक हिसाब से इंग्लिश कर रहे हैं कोई एक सिर्फ हमारे पास टाइटल है कि प्रेजेंट इंडिफिनेट लेन पढ़ना है। लेकिन उसके साथ हमको इंग्लिश पढ़ना बोलना हर एक चीज क्लियर करनी है हम ये कत नहीं कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। हम एक क्लियर चीजों को कर रहे हैं। आपको आधी में नहीं रहना है यह पास इंटरनेट का एक फॉर्मूला है उसको लेके बैठ गए अब उसी पर काम करना है हमको अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए ये पुराना पैटर्न छोड़ देना चाहिए पुराना पैटर्न है टीचर आपको बता देता है कि सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट अब अपने आप से अपने आप में अपने आप में खुद में एक बनिए देखिए जब तक आप क्यों पैसे नहीं लाएंगे तब तक, तक आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते ठीक है ठीक है थैंक यू अब देखिए अब यहां से हम एक चीज देखिए यहां से हम कोई किताब से ऐसा तो नहीं कि से कॉन्सेप्ट कॉपी कर है हम भी सोचते हैं कि हम अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में इतनी बातें होती हैं इसीलिए वही से फिर आपको जोड़ना पड़ेगा आपको एनालिसिस करके चीजों को लाना पड़ेगा कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक एग्जाम है तो उसका फिर पोस्टमास्टम होना चाहिए वहां से फिर वहां से उसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए तो यहां से अब देखिए अगर कोई कह दे उसके पास किताब हो सकती थी क्या किताब हो सकती थी अब यह बात नहीं हो सकती है बताओ हो सकती थी अब यह बात नहीं हो सकती क्या बताइए ये भी पास नहीं है थैंक यू फ्राइ फायरिंग हार्ट आप सब्सक्राइब करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा लेकिन पढ़ते ही रहिए ठीक है अब बताइए आपको ये आपके सामने इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आपने ये क्लियर कर लिया ये क्लियर कर लिया अब कोई आ जाए इस प्रकार की समस्या लेकिन तब तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे आगे से बढ़िया ठीक है अब देखिए आप एक चीज का नाम सुने होंगे अभी हमने पहले पढ़ाया था कहन प्रेजेंट में पढ़ाया था कहन खो सकने के लिए जब बात आती है तो कैन पढ़ाया था जब बी जी पवनजीत और बताएं कहा हाल चाल है ठीक है अब यहां से हम लोग देखेंगे अब यहां पे कैन पढ़ाया था अब आपने एक नाम सुना होगा कु का ठीक है क्या नाम सुना है कुड का कुड का आपने नाम सुना होगा चार्जर चाहिए तो ले सकते हो ने आपने आपने नाम सुना होगा कुड का सुना है कि नहीं सुना है मॉडर्गरी में भी जाएंगे तब तो आप इसको कुड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन आपको यहीं पे पढ़ा देते हैं लेकिन कुड के स... अब हो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास किताब हो सकती थी तो से क्या बनाएंगे ही देखिए आप कुट लगा दें दे, मैं लगा दें सब कुछ यहां से क्लियर हो सकता है ही कुड कैंड बुक हो सकता था कुड बी या कुड है हो सकता है आपका ठीक है ये यह सब यहां पे हो सकता है यहाँ पे कंडीशन आपको यहां से देखनी होगी ये इस पे थोड़ा हम चर्चा कुड पे ही एक वीडियो आपको दिखा बना देंगे किसी दिन या तो कल ही आप हम कुड ही पढ़ा देंगे क्योंकि इसमें आपका कभी कुड भी आ जाएगा कभी कुड हैव आ जाएगा है, आ है जाएगा, तो यही चीज है तो यहां से हम कुड भी, भी लगा सकते हैं कुड हैव भी लगा सकते हैं तो यहां से कुड है ठीक है इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है ठीक है कुड भी बुक क्लियर बताइए क्लियर हुआ क्या बेटा प्रशांत कहा यूज ठीक है क्लियर हो गया अब देखिए यहां पे कुड भी कुड है कुड खाली कुड भी हो सकती लेकिन इसका काम यहां से आपको हमने बता दिया ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी लेकिन इस पढ़ेंगे पढ़ेंगे उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी क्वालिटी ठीक नहीं है क्या ठीक है ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए चीजों को यहां से तो यहां से हमने अफर्मेटिव में जितने भी हमारे बनने थे हमने देख लिया हमने जितने भी पॉसिबिलिटी बनी थी हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है कि जी बच्चा क्या बोल रहा है बेटा आपने कमेंट डिलीट किया क्या मिस्टेक हो गई बताइए बताइए हमसे भी आदमी मिस्टेक हो सकती है उसके पास किताब हो सकती थी थे, वो थैंक यू बिमल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मिस्टेक जायज है हो सकती थी सी कुड पी ठीक है ठीक है थैंक यू अब यहां से बताइए आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई अफर्मेटिव क्लियर हो गया अफर्मेटिव हमने चार पॉसिबिलिटी बनाई है अभी हम स्टोरी लेके आएंगे कल उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा पूरी स्टोरी डिजाइन करेंगे अपने से और फिर यहां से लाके सब क्लियर कर करेंगे ठीक है आगे बढ़े ठीक है अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव क्या पढ़ेंगे निगेटिव प्रैक्टिस कर लें अफर्मेटिव की पहले कि यहां पे कुछ सेंटेंस बना के अफर्मेटिव की प्रैक्टिस कर लें कि आगे बढ़े निगेटिव पढ़े बताइए आप लोग हां का मतलब बताइए कि यहां से आगे बढ़े या यहां पर प्रैक्टिस कर लें बोलिए आगे बढ़ा जाए कि यहां पर कुछ सेंटेंस बनाकर मैं प्रैक्टिस कर लें यस सर यस सर यस सर यस सर का मतलब सर जी आप ये बताइए हमको कि यहां से आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि आगे चलना चाहेंगे निगेटिव पढ़ना चाहेंगे एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए चलिए कुछ समय प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं नेगेटिव पे उसके पास साइकल उसके पास साइकल थी उसके पास साइकल थी वह साइकिल से स्कूल जा सकता था अमन तो बनाने लगा गुड अमन बहुत अच्छी गुड रिस्पांस। आप पूरी क्लास को अच्छे से देख रहे हैं बहुत अच्छा लगा देखिए आप यही सोचते आप यही चाहते थे कि हमको इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखना है तो यहां से आप सीख रहे कि नहीं मन बताइए ठीक है वह आज स्कूल स्कूल था वह आज स्कूल जाता था हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है ठीक है वह स्कूल जाता था ठीक है थी, थी। उसके पास साइकिल थी साइकिल उसके पास साइकिल ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है बिमल देखते रहिए था वह आज स्कूल जाता था उसके पास साइकिल थी वह साइकिल से स्कूल जा सकता था बताइए अब इससे लिए कुछ बताइएगा ठीक है बताइए अब इससे ज्यादा खुराफात दिमाग में ज्यादा कितनी हमारे दिमाग में खुराफात चल रही है बताइए इससे ज्यादा खुराफात दिमाग हो सकता है आप लोग बताइए एग्जाम इससे ज्यादा खुराफाती थे दिमाग नहीं लगा सकता जितना हमने खुराफा भर दी है सब देखे कितनी हम सिर्फ पास्ट इंडिप्लीट पढ़ रहे थे कहा से कहा ले जाके को रख दिया है ठीक तो है प्रैक्टिस करते हैं ही अब देखिये यहाँ पे अब वाज का प्रभाव करने के लिए बिल्कुल फ्री है क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे, पे क्या होगा ही वह मास्टर था तो वो वाज टीचर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं क्या नहीं समझ में आया मन बताओ तो बताइए बच्चा क्या नहीं समझ में नहीं? आया नहीं अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा मतलब एग्जाम्पल खुराफात नहीं कर सकता हाँ ठीक है इससे ज्यादा कहने का मतलब है एग्जाम्पल आपको कहा कितना कठिन लेवल देखिये खुराफात का मतलब है आप लोग यूट्यूब पे है थोड़ा शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए तो अपनी चीज को बदल देते हैं कि एग्जाम्पल इससे ज्यादा आपको टफ नहीं दे सकता जितना टफ देना था हमने आपके सामने ले हम आपके सामने ले आया कॉन्सेप्ट ठीक है अब देखिए वह मास्टर था तो यहां से आपके पास क्या है आपके पास क्या है यहां पे वह मास्टर था तो आपके पास सिर्फ टाइम है क्या है टाइम है पास्ट का है लेकिन कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप सीधे बना देंगे ही वॉज टीचर ही वॉज टीचर बोलिए बेटा क्लियर ठीक है वह आज स्कूल जाता था यहाँ पे आप देखिए जो टीचर था अब यहां से देखिए किससे जुड़ा हुआ है टीचर से वह आज स्कूल जाता था ठीक है तो क्या हो जाएगा ही वेंट स्कूल टूडे मतलब यहाँ पे अब देखिए इसको आप पास्ट इंडिफिन में क्यों बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जाने का काम हो रहा कि नहीं वाज है कि नहीं यहाँ पे ये टाइम को इंडिकेट कर रहा कि नहीं ये समय है कि नहीं ये आपके पास काम मौजूद है और ये आपके पास समय है बताइए आप लोगों के समझ में आ रहा है ठीक है क्लियर हो रहा है आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करिए एक बार वीडियो को हाँ बेटा प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए थोड़ा फैमिली को बढ़ाइए ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा ही इवेंट स्कूल टूडे हाँ ठीक है समझ में आ रहा ना ठीक है अब देखिए यहां पे आप क्यों इंडिफिनेटिव बनाए क्योंकि तो आपके पास वर्क और टाइम दोनों चीजें मिली ठीक है गुड अब उसके बाद उसके पास साइकिल थी तो यहां पे ये क्या हो जाएगा ही वेंट स्कूल टूडे हाँ क्लियर अब देखिए उसके पास साइकिल थी उसके पास साइकिल थी तो क्या यहां पे सिंपल सा हो जाएगा अब देखिए अब आप, आप, आप यहां से देखिए जो आप उस सेंटेंस में बता रहे थे कि थी लगने का मतलब ये नहीं होता कि हम सी ही लगा दें ठीक है यहां पे अब आप ये चीज समझ है तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सी लगा दें आपको तो थोड़ा अलग समझा रहे हैं उसके पास साइकल थी वैसे आप थी देखेंगे तो आप तुरंत सी लगा देंगे लेकिन यहां समझिए क्या इसमें डाउट है यहां पे देखिए उसके पास यहां पे जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है उसका कनेक्शन किससे है ऑब्जेक्ट से किससे है ऑब्जेक्ट से है, से। से है? से, ना कि सब्जेक्ट से ठीक है उसके पास साइकिल थी और हम ग्रामर में हेल्पिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताइए अगर सब्जेक्ट प्युरल है तो हम प्युरल की, तो की तुम्हारा कौन सा है फीमेल है तो वहां पर हम फीमेल की लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट मेल है तो उस लगाएंगे बताइए बात क्लियर होगी कि नहीं बीमार हाँ देखिये यहां पर साइकिल आप सी नहीं लगाएंगे बोलो क्लियर यहां से ऑब्जेक्ट से आपके बात आप को है ठीक है समझ में आ गई बात बिल आप लोग लिंक एक बार शेयर करिए फटाख से फिर वीडियो एक बार शेयर करिए जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो सब तक क्योंकि तो क्लास आई होप हम इतनी आपके लिए कंटेंट लाए हैं मतलब भर की आपकी क्लास अच्छी है तो आप सबको शेयर करिए जो भी पढ़े उसको होंगे जिनके पास ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं होंगी हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं यहाँ से आपको ऑनलाइन का कोई फीलिंग नहीं आता होगा आप बात कर रहे हो आपकी एक एक बात को देखते हैं थोड़ी क्लास लंबी हो जाती तो क्या ठीक है ना वाला ठीक है अब उसके पास साइकिल थी तो क्या लगाएंगे ही हैड ऑ बाइस्कल ही बाइस्कल ठीक है ही है बाइस्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ही हैड ऑ बाइस्कल ठीक है अब क्या है वह साइकिल से स्कूल जा सकता था वह साइकिल से स्कूल जा सकता था तो यहां पे क्या हो जाएगा ही कुड गो टू ही साइकिल से जा सकता था ठीक फॉर साइकिल बताइए समझना है आप सभी के आगे चले ठीक है ठीक है कुछ सलो प्रॉब्लम थी। वापस हम लोग आ गए हैं देखिए चलो ठीक है तो आपको आई होप स्टोरी क्लियर हो गई होगी हाँ देखिए अमन कुड भी, भी हो सकता कुड देखिए कुड भी है अगर हो सकती थी कि कुट का भी प्रयोग कर सकते हैं कुट भी अगर संभावना हमारे पास बनती है किसी भी चीज की हो सकने की तो हम कुट भी लगाते हैं ठीक है अगर हमारे पास कोई चीज हो सकती थी हमारे पास तो हम कुट लगाएंगे, ठीक है कुट वाला चीज हम आपका क्लियर कर देंगे ना होगा तो शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ पे सिर्फ कुड पे ही आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी देखिए अगर कुट का प्रयोग हम बाईचांस भा आपको हम कुट भी देखिए आप कुट का यहां से देखिए कुट कुट भी, भी हो सकता है ठीक है और कुट हैर भी हो सकता क्या हो सकता है भी हो सकता है हो सकता है कुट है ये तीन चीज आपको इतना दिख रहा होगा स्टोरी हटा दे फिर क्लियर करें ना हाँ स्टोरी हटा दे फिर देखते हैं आपको कुट का थोड़ा सा यहां पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं देखिए आपको कुड लगाना है तो उस पर देखिए वह जा सकता था वह जा सकता था वह जा सकता था तो यहाँ पे देखिए वह जा सकता तो कुड लग जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं अगर मेरे पास साइकिल सकता था या मेरे पास कुछ ठीक है इतनी बात समझ नहीं कुयर कर देंगे ठीक है आप टेंशन ला लीजिए फिर आप और बताइए यहाँ पर अफरमेटिव इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यह चीज आपको क्लियर हुई ठीक है अब चलते हैं निगेटिव की तरफ अब लोग हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव ठीक अब देखिए निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर हुआ आपका सब्जेक्ट लाइटिंग का नेगेटिट देखो क्लियर देख लो ना देखिए यहां पे क्या हो जाएगा लोग सब्जेक्ट फिर अब देखें यहां पे बदलाव आपको देखिए आप अफर्मेटिव में हमने अफर्मेटिव में हमने क्या स्ट्रक्चर लिखा था आपको हम थोड़ा सा ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है निगेटिव हटा लेते हैं पहले अपना डाउट क्लियर करते हैं यहां पे देखिए हमने अफर्मेटिव का क्या पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्व की सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी कि नहीं पड़ी थी और ऑब्जेक्ट कितना हमने ये पास्ट इफेक्ट का देखा था, था कि नहीं था अब हम निगेटिव की तरफ आए किसकी तरफ आए निगेटिव की तरफ आए तो हमने क्या फिर देखा कि हमको स्ट्रक्चर मिला सब्जेक्ट बेटा इसको था इसमें रिफिलिंग करो सब्जेक्ट और प्लस डिड नॉट Plus, क्या अब देखिए आपको एक बहुत बड़ा बदलाव मिला वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताइए ये बदलाव क्यों हो गया देखिए वहां पे क्या था सेकेंड फॉर्म थी यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना बदलाव क्या हुआ बताइए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए फटाख से ठीक है ये ये यहां पे क्यों बदला हुआ एक बात हमारी आप नोट पॉइंट करके लिख लिखिए जिंदगी में सब दिन काम रहेगी आपकी मतलब जिंदगी में आप ग्रामर का जब भी सफर करेंगे वेरी गुड अमान वेरी गुड कल अमन ने मेरी वीडियो देखी थी उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है बहुत ही अच्छी बात कही है बेटे बच्चे ने वेरी गुड अमान वेरी गुड देखिए आप एक बात लिख लीजिए बिल्कुल जहां भी आप चाहे जहां चले जाइए अगर डिड आप पे आ जाता है डिड की बात हम कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं डिड की तो डिड के साथ सदैव क्या लगेगा आपकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा किसका होगा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी आप ये चीज गाट बांध करके लिख लीजिए ठीक है ये बात आप बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि आप अगर कहीं भी आपको डिड दिखता है तो अगर जो मेरा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा जैसे अमन ने भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया तुरंत उसमें कोई लेकिन नहीं लेकिन आप लोग लिख लीजिए डिड के साथ सदैव किसका दिप के साथ सदैव फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है ठीक है थैंक यू विशेष कहा थे बहुत लेट आए हो अब देखिए यहां पे ये चीज आप लिख लीजिए अभी आपको हम कंफर्म कर देंगे कि ये क्यों हुआ ये क्यों बदलाव है देखिए ग्रामर पढ़ने का मतलब है बिल्कुल एक वर्ड भी बदलता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है पढ़ाई में कुछ भी बदलता है तो ऐसे नहीं कोई भी जिसने ये बदलाव किया होगा उसने कुछ सोच के ही किया होगा उसकी सोच को पकड़ना को है अगर आप एक बार एग्जामिनर या टीचर की सोच को पकड़ लेंगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते टीचर का क्या काम होता है अपना माइंड आपके दिमाग में ट्रांसफर करता है तो आप उसका दिमाग को पकड़ लीजिए ठीक है इतनी बात आपको कंफर्म हुई देखिए अब हमने कल ही आपको बताया था कि क्या होता है हमारा डू did की सेकेंड फॉर्म डू की did सेकेंड फॉर्म क्या है did है कि नहीं है बताइए डू की सेकेंड फॉर्म did है थर्ड फॉर्म है, है कि नहीं है अब आप देखें यहां पे भी वर्ग की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी आपकी जब यहां पे did के रूप में लग रही है तब आप वर्ग की सेकेंड फॉर्म कैसे लगा सकते हैं दो भी काम सेकेंड फॉर्म में कैसे करवा सकते भैया ये बात समझ में आई कि नहीं डिड की सेकंड फॉर्म यहां पे है डू की सेकंड फॉर्म डिट है कि नहीं ऑलरेडी आपके में आ चुकी है डिट यहां पर फर्स्ट फॉर्म में बताओ क्लियर हुआ कि नहीं यहां से थम्स अप करिए इतनी बात समझ में आ गई आपके इसीलिए यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्लियर हुआ ठीक है इसीलिए आपको सब इतना बता दिया जाता है डिट के साथ सदैव वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है लेकिन ये आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं ठीक है तो निगेटिव भी यहां से क्लियर हो गया और क्यों है ये भी चीज क्लियर हो गई अब चले आगे चले आगे चले आगे बढ़े हैं थम्सअप करिए फिर बढ़ते हैं जी थैंक यू विशेष हमने ही बताया था आप हमसे पढ़ चुके हैं इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं टेंशन ना रहिए आपके हम ऐसे ऐसे चीजें आपके सामने ला के रखेंगे जो कि आप मतलब जो कि सब लोगों की सोच के सोच से परे हैं वो चीज हम लाएंगे आपके लिए पूरा दिन तो आप पे ही लगा रहता है पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है हमारा ठीक है बढ़े आगे यहां से बढ़े आगे ठीक है वह नहीं जाता था तो देखिए आपका स्ट्रक्चर यही बनेगा इसका नेगेटिव का एक बार लिख देते हैं एक बार हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर है आपके इसका क्लियर करके सब्जेक्ट प्लस अगर डिड नॉट है तो आपको आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म लगेगी स वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहीं भी बेटा आपको डिड दिख जाए तो आप फटाख से फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर डिड का प्रयोग हो रहा है ठीक है मन वेरी गुड कल एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने आएगी इसकी पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंटरमीडिएट की मिक्सअप मिलेगी आपको स्टोरी ठीक है आप लोगों को चाहिए अगर चाहिए हो तो बताइए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कल कर हम लोग प्रेजेंट भी उसमें होगा पास्ट भी होगा लाइव है स्टोरी आपके सामने बोलो ठीक है तब तक हम बना रहे आप कमेंट करिए कल कर आपके सामने प्रेजेंट का भी देखिए आपके सामने ये कह रहे हैं आपसे हम कि अगर कोई भी बच्चा हो जिसको नहीं मिल रही हो तो उसको कल आप ले आइएगा कल आप क्लास में उसको लाइएगा और इसमें ठीक है तो उसमें हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों की मिक्सअप करके स्टोरी लाएंगे एक बढ़िया सी स्टोरी तो जिसकी वो क्लास छुट्टी है प्रेजेंट वाली उसका भी यहां से क्लियर हो जाएगा पास्ट का भी क्लियर हो जाएगा ठीक है अमन कल कोशिश करना जिसको ग्रामर में कुछ भी ना आता हूं उसको जोड़ना क्लास से ठीक है ना तो यहां से क्या हो जाएगा आपका वह नहीं खाता था ठीक है बनाइए फटाफट वह नहीं गया देखिए अब हमने क्या बताया था जो इनडिफरेंट होता है उसमें अनिश्चित होता है तो जैसे किसी ने पूछा वह नहीं गया मतलब अनिश्चित है आप ठीक है बनाइए अपना से हम सीतापुर से नहीं आए आए आए थे जो भी आपको सफिशियंट लगे तुम सीतापुर नहीं गए जी हेलो बताएं जी एमके स्टडी हाई स्कूल सेंटर आपका स्वागत है लाइव स्ट्रीम में चलिए अब देखिए यहां से अच्छा अच्छा अच्छा चलिए इतना प्रैक्टिस करिए बनाइए फटाफट आप लोग हम एक बात बताइए विशेष आप लोगों को सारे प्रीपोजिशन क्लियर हैं क्योंकि तो हाई स्कूल में प्रीपोजिशन जरूर आते हैं जितने भी प्रीपोजिशन है आप लोगों को क्लियर हैं अच्छा अमन ही आया है ठीक है ठीक है ये कह रहे हैं आप, आप लोगों को पूरे प्रिपोजिशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है अगर ना क्लियर हो तो किसी दिन प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं ठीक है अगर ना क्लियर हो तो आप बता देना क्योंकि तो प्रिपोजिशन इंपॉर्टेंट है एक दो नंबर आपको वहीं से मिलेंगे ठीक है चलिए इसमें कुछ बदलाव कर लेते हैं हम हाँ ठीक है तो अगर आप पढ़ आप अगर प्रिपोजिशन पढ़िएगा तो आप बताइएगा ठीक है बीमाल और सब लोग ठीक है पढ़ा देते हैं फिर किसी दिन प्रीपोजिशन ही पढ़ा देते हैं ठीक अब देखिए ये आप लोग बना लिए होंगे ठीक है अब थोड़ा हम देते हैं आपको थोड़ा सा बदलाव करके सेंटेंसेस को बनाइए आप उसके पास किताब नहीं थी उसके पास किताब नहीं थी तो क्या बनेगा बच्चा बच्चा बहुत ही हैड नॉट सॉरी हाँ हाँ यहां पर हैड के बाद नॉट लग जाएगा हेड नॉट बुक ठीक है आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिएगा ठीक है तो फिर कैसे लगे आप लोगों को लाश एक बार कमेंट करके बताइए यहां से जितना था हो सका था जितना पॉसिबल था हाँ ठीक है विशेष बहुत अच्छी बात गुड ठीक है जितना पॉसिबल हो सका था हमने आप आपके सामने उतना ही हमने ठीक है तो यहां पे अगर क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डेड आया करे उसको भी आप शेयर कर दीजिए करें शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे पे जिससे जो भी हो सबको चीजें समझ में आए कोशिश करेंगे आप इंटर तक आपको ऑफलाइन इंग्लिश की कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़े यहीं से आप बिल्कुल ऑफलाइन पढ़िए ठीक है जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा तो एकदम क्लियर होगा ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर कल हैव नाइस नाइट स्वीट ड्रीम थैंक यू आल ऑफ यू